कबड्डी मैच है तुम्हारे साथ कब प्रैक्टिस कर रहे हैं आज तो हम ही जीतेंगे कोई मैच नहीं होगा क्यों क्यूँ नहीं होगा आज तो फाइनल है कबड्डी मैदान में खेली जाती है कमरे में नहीं हम कमरे में भी खेल लेते हैं तुम आदमी थोड़ी ना बचाने वाली हो मम्मी खीर खीर खीर तो तू कटोरा भर के खा चुका है अब हम हाँ और खाए भूख लगी रही है और नहीं है। बोरम कर रखी है जब तुम्हें क्या परेशानी है कभी भी आए और तुम साला साला क्यों कहते हो नाम लेने में क्या मौत आती है है साले साले को कहेंगे कहेंगे पापा भैया लोग ना बात ही हेलो लेटेगा कहाँ लेटेगा नीचे ले मामा ऊपर लेते हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे चाहे बेड काटना पड़ जाए तुम ऐसा करो गोंद लगा के अपनी जगह पे चिपक जाओ लिया यार गोद चिपक जाए नहीं आने में जी नया पुल बनवा दें तो पे लेना बंद हो जाए देखा हो हमारी पीढ़ी बन जाए तो बढ़िया है ना हमारे नाती पोता दिखी पुल देखो हम पोस्ट डालेंगे फेसबुक पे खन्ना जी को टैग करके और इन्हें ले जाओ डॉक्टर को ये बात कर ले जाके इनकी बात नहीं टाली जाएगी बनी घूम रही डॉक्टर फेसबुक पर पोस्ट डालेंगी टैग टेक करेंगी टेकने के लिए तो वो बैठे अरे पर्दा फाल के निकलते हैं और कभी कभी तो क्या बताएं छोड़ो तीन बच्चे बैठे हैं सामने तुम जानती हो फिर भी गीदड़ गीदड़ घर में और बाहर कह दिया तुमने शेर देखो सच मुझे निकल ही जाता है घर का ही सही लेकिन शेर शेर ही है पापा तुम पिंजरा शेर हो खाली पिंजरा ही मिल जाए अब कोई वारदात हुई जाए तो पेट के नीचे घुस जाइ पता न पापा जी तो है, हमें पापा ते तोते हैं, महीना। अरे छोड़ो बात जीजा जी को परेशान कर रहे हो सब लोग। जीजा जी मिठाई की दुकान है छेना गोलगप्पा है तुमने और मार रखी है मीठी जबान से बेच्ठी कट्टे हो ये नहीं हँसी मजाक के लिए हमारी सलहज को ले आते बड़ी पार्टी कट्टे फिर जाओ यहाँ है तुम वहाँ चले जाओ कर लो जाके पार्टी पीछे ऐसी एन नहीं चाट